या मकर और कुंभ राशि का स्वामी है को, या आप सभी लोगों को पता है तुला राशि में शनिदेव उच्च के होते हैं है। है। परिभाषा की यदि हम बात करें तो इसी को शनि की ढैया कहते हैं नव में शनि की गति सबसे ज्यादा मंद है शनिदेव को वैदिक ज्योतिष में कर्म का कार्य ग्रह भी कहा जाता है और यदि हम काल पुरुष की कुंडली भी बताए तो जो टेंथ नंबर होता है ये कर्म का होता है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 साल 2020 में शनि आपकी ही राशि में संचार करेंगे क्योंकि लग्न मतलब पहला घर 10 नंबर जहां पर लिखा है मकर राशि जान जाइए तो पहला घर किस चीज़ का होता है ये आपका होता है शरीर का ये आपके होता है रूप का रंग का कृति का आपके नेम का आपके फेम का तो इस साल शनि गोचर की वजह से सारी साथी का दूसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा जिस वजह से आपका स्वास्थ्य काफी प्रभावित होगा यदि बहुत अच्छे आप कार्य करते हैं तो आपको तो शनिदेव माला माल करेंगे लेकिन यदि आपने किसी के साथ पूरा किया है तो आपको छोड़ने वाले नहीं हैं ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी जिसके चलते विश्वास में वृद्धि होगी लग्न में, हो में यहाँ बैठा शनि दशम दृष्टि कर्म के भाव को दे रहा है पॉलिटिक्स में कोई बहुत बड़ा गेम चेंजर आप बन सकते हैं मंदिर तक की बढ़ने में आपको मदद मिलेगी पार्टनरशिप में यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान रहने की यहाँ पर सितारे सलाह दे रहे हैं परिवार के साथ किसी विदेश यात्राओं पर जाने का योग बन रहा है इस साल आप कोई नया घर नया वाहन और कोई नया ऑफिस अपना डाल सकते हैं इस साल बहुत दिन से यदि आपकी शादी नहीं हुई है रिश्ते आते थे लौट जाते थे तो विवाह में बंधन के योग भी बन रहे हैं किसी भी दस्तावेज पर साइन करने से पहले मकर राशि के जातकों आप लोगों को बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी देखना रहेगा वही आपको कोई चोट चपेट इत्यादि भी लग सकती है पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का प्रतिदिन जाप करिए और यदि हो सके तो शनिवार वाले दिन शिवलिंग पर तिल से अभिषेक कीजिए रुद्राष्टक के पाठ से रुद्राष्टक का पाठ क्या है नमामि शबी रूपम विभिन्न व्यापकम ब्रह्म वेद इस पाठ से आप लोग करिए गूगल तक मिल जाएगा उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा नए हैं दर्शकों तो सब्सक्राइब कीजिए बगल में बना बेलाइकन दबाइए और पुराने भी हैं तो आप लोग इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिए फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक कीजिए हमसे जुड़ने के लिए हमसे सवाल पूछने के लिए ट्विटर पर इंस्टाग्राम पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है वार्षिक राशिफल दो भी हमारे चैनल की प्ले में पढ़ा हुआ है मंथली राशिफल भी पड़ रहा है दैनिक राशिफल भी हम डेली की डेली डाल रहे हैं आप लोगों को देखने की ज़रूरत है यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं